जी, <laughs> नहीं।

मेरे वाला कर दीजिए धूप लग रहा को सो गए ओए कहा मरने नहीं दे रहे हैंडल में नहीं ना?

ट उसको खड़ा कर दीजिए बकड़ी के सामने खड़ा करेगा तो रोएगी नहीं दिए

पढ़ेंगे हां पारा

है अकल अकल। और बच्चे फोटो भी, भी, तो भी ले रहे हम अपने मोबाइल से